सिंगरौली में मध्य प्रदेश की 24वीं यूथ महिला पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है जिसे जिला वॉलीबॉल एसोसिएशन सिंगरौली द्वारा एनसीएल स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा ये चैंपियनशिप 2 से 4 दिसंबर तक चलेगी 2 से 4 दिसंबर तक सिंगरौली में वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा प्रदेश से कुल तेरह जोन बनाए गए हैं जिनमें तेरह गर्ल्स और तेरह बॉयज की टीमें भाग लेंगी प्रतियोगिता का आगाज दो दिसंबर को होगा प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश की टीम का चयन किया जाएगा जो नेशनल में भाग लेंगी और नेशनल पन्ना में आयोजित किया जाएगा जिसमें भारत की सभी 21 टीमें भाग लेंगी आयोजन समिति के अध्यक्ष बद्रीनारायण वैश और आयोजन सचिव राजेंद्र वैश ने प्रतियोगिता को सफल बनाने का सभी से आग्रह किया है चौबीसवी अंतर्राज्यीय यूथ वॉलीबॉल प्रतियोगिता का मेजबानी सिंगोरी जिले को मिला है इस तारतम में कुल मध्य प्रदेश की बारह जोनल की टीमें इसमें हिस्सा लेने जा रही है दो तीन चार दिसम्बर को यह आयोजन सिंगरौली एनसीएल स्टेडियम में संपन्न कराया जाएगा और इसका नेशनल 16 से 22 दिसंबर पन्ना जिले में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यशस्वी श्री बी शर्मा जी के नेतृत्व में कराया जा रहा है हम सब मिलकर इस टूर्नामेंट को सफल बनाएंगे और समस्त सिंगरौली वासियों ऐसी अधिक से अधिक जुट इस टूर्नामेंट का सहयोग करे और एक बेहतर मध्य प्रदेश की जाए नेशनल स्तर आरोप अपने प्रदेश का नाम रोशन करे वो खबरें जो आपके काम की है